गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो मैं एक रोटी मांगू वो दो ही लाती जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था सब कह रहे हैं आज माँ का दिन सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन माँ को देख मुस्कुरा लिया करो क्या पता किस्मत में हज लिखाना हो मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं मगर जन्म लेने के लिए केवल एक। अब माँ के लिए क्या लिखू माँ ने खुद मुझे लिखा है दवा असर ना करे तो नजर उतारती है। माँ है जनाब माँ वो कहा हार मांगी